आजादी को समझना जरूरी है आजादी है क्या ईशु मसीह ने दो साल पहले धरती पर आकर हमें वो आजादी दी थी जो अनंत काल का जीवन है हमें पापों से शापों से मुक्त किया था हमें डर से मुक्त किया था हमें असुरक्षा की भावना से मुक्त किया था आज भले ही लोग आजादी मना रहे हैं पिछहत्तरवें साल की उनके हाथ में भले ही झंडा है लेकिन उनके उनके अंदर असुरक्षा की भावना है मेरे भाई मेरी बहन यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है ताकि हम उस आजादी को महसूस कर सकें यशु मसीह ने अपना लहू बहाकर अपना बलिदान देकर हमें बताया कि जब हम परीक्षा में होते हैं उस समय भी हम परमेश्वर की आजादी को महसूस करते हैं चाहे हम किसी भी स्थिति में हो लेकिन हम महसूस करते हैं कि हम आजाद हैं क्योंकि हमारा छोड़ाने वाला यशु मसीह इस समय परमेश्वर के दाहिनी ओर है रेस अलॉट तो हम आजाद हैं हम जल्दी से वचन पे जाते हैं Praise the Lord, थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको वचन बताऊंगा कि आज़ादी के बारे में क्या है तो लुका की किताब हम यह, यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में हम बताएंगे लुका आठ चालीस से लेकर पचास के बीच में ये जो वचन है इसमें से मैं आपको दो व्यक्तियों के बारे में बताऊँगा कि कैसे उनके विश्वास के द्वारा उन्होंने किस तरीके से विश्वास को रखा है? विश्वास का वरदान जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो हमें मिल जाता है लॉर्ड लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करते हैं हाला तो यहां पर एक बताएंगे एक है यार नाम का आदमी जो कि आराधनालय का अधिकारी है और एक यहाँ पर 12 साल की औरत है जो 12 साल से जिसका लहू बह रहा था आप सोचिए जिसका लहू बारह साल से बहरा था वो कितनी कमजोर होगी और बाइबल कहती है कि उसने तमाम डॉक्टर्स को दिखाया वेदों को दिखाया लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तब उसने अपने मन में यह कहा कि मैं अगर यशु मसीह के कपड़ों को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी और बाइबल बताती है वचन कहता है कि जैसे ही वो हजारों की भीड़ में विश्वास के संग उसके कपड़ों को छूती है उसका लहू बंद हो जाता है यही सवाल तो यहां पर आज हम दो विश्वास की बात करेंगे देखिए कलीसिया में जब आप आते हैं ना तो आपका विश्वास बहुत जरूरी है आप कौन सा विश्वास रख लेके आए हैं आप कौन से विश्वास के संग अपना मसीह जीवन जी रहे हैं आपका विश्वास क्या है रे सलोट एक वो औरत जिसका विश्वास जो 12 साल से जिसका लहू बहरा था बारह साल से आप सोचिए आप बहने हैं आप औरतें हैं आप जानती हैं इस अवस्था को जब लहू बहता है तो ये औरत कमजोर हो जाती है हमने अपनी बच्चियों को देखा है ए, दर्द होता है उनको मैंने अपनी पत्नी को देखा है मतलब आई नो कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन वो औरत बारह साल से उस लहू से परेशान थी लहू बह रहा था बह रहा था बह रहा था सलौट और जब वो यीशु मसीह के पास आई तो उसने क्या कहा कि मैं अगर यशु मसीह के कपड़ों को भी छूलूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी एमैन क्या मतलब था उसका कहना वो क्या कह रही थी कि मैं जानती हूं ईशु कौन है वो क्या कह रही थी कि मैं जानती हूं यीशु मसीह शक्तिमान है धरती का अधिकार ईशु को दिया गया है वो क्या कह रही थी अपने वचनों में वो क्या बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं जानती हूं क्योंकि जब मैं यीशु के पास जाऊंगी तो खाली हाथ नहीं वापस आऊंगी हम किस विश्वास के संग चर्च में आते हैं कि आज मैं कलीसिया में जा रहा हूं आज मैं यीशू मसीह के करीब जा रहा हूं और जब मैं जा रहा हूं अपनी समस्या को लेकर तो मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा क्योंकि मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूं आपका विश्वास क्या है आप किस विश्वास के संग यहां बैठे हुए यीशु मसीह का नाम जिस तरीके से आपके साथ है उसी तरीके से उस, उस, उस औरत के साथ था उसी तरीके से उन चेलों के साथ था आज आप किस विश्वास का संग बैठे हुए हैं? यहां पर एक यार नाम का आदमी है जो कि आराधनालय का अधिकारी था देखिए उससे शुरू करते हैं कि ये कौन सा विश्वास लेकर आया देखिए आप ध्यान से सुनिए समझिए बढ़िया बेटा जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले आ? क्योंकि वे सब उसकी बात जो रहे थे आ? सब उसकी बात जो रहे थे मैन कभी आपने बाट जोई है ईश्व की आप जब सुबह उठते हैं तो क्या उसकी बाट जोते हैं आप जब अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो आप उसकी बाट जोते हैं जब आप घर से निकलते हैं जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे जीवन दिया है मैं धन्यवाद देता हूं कि तुने मुझे पापो श्रापो से मुक्त किया है प्रभु आज जब मैं घर से निकल रहा हूं तो तू मेरे साथ रहना आज जब मैं एक अपनी मीटिंग में जा रहा हूं तो तू मेरा हाथ पकड़ना। पकड़नाट तू मेरे साथ रहना परमेश्वर क्योंकि मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं अगर तू है तो मैं हूं प्रिंसलौट क्या हम बाढ़ जोते कि हम बाढ़ जोते घर से निकलने से पहले कि हम चेक करते हैं कि प्रभु हमारे पास है कि नहीं है हम जब घर से निकलते हैं तो चेक करते हैं, हमारा बटुआ है पैसे रख लिए कार्ड है कि नहीं है अपना लोकल ट्रेन का पास है कि नहीं है चाबी है कि नहीं है जहां मैं ऑफिस में जा रहा हूं सब कुछ चेक करते हैं क्या कभी आपने चेक किया कि ईशु मेरे साथ है कि नहीं है Amen. मेरे भाई हमें चेक करना है घर से निकलते समय कि मेरा ईशु मेरे साथ है कि नहीं है मुझे ईशु को अपने साथ रखना है सब लोग उसकी बात जो रहे थे सब लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि सब जानते थे कि वो कौन है मेरे भाई ईशु मसीह ने अपने चोलों से पूछा कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं तुम जो मेरे पीछे चल रहे हो जानते हो किसी ने कहा तू तो एलिया है किसी ने कहा तू तो इर्म्या है और पत्रस ने कहा पत्र तो परमेश्वर का पुत्र मसीह है हम जब कलीसिया आए तो जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि वह कौन है वो कौन है जो मुझसे प्यार करता है वो कौन है जो मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया वो कौन है? यहाँ पर यार नाम का एक आदमी है जिसकी बारह साल की बेटी है देखिए वो क्या कहता है पढ़िए बेटा इतने में यार नामक एक मनुष्य जो आराधनाल का सरदार था आ? आया और यीशु के पांव पर गिर के आ? उससे विनती करने लगा की मेरे घर चल मेरे घर चल क्यूँ चल क्योंकि उसकी 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी और वो मरने पर थी जब वो जा रहा था तब लोग उस पर पर गिर, गिरे पड़ते थे अब देखिए नाम का आदमी जो आता है है वो कहता मसीह मेरे घर चल मेरी 12 साल की जो बच्ची है वो मरने पर है कहा का अधिकारी था वो आराधनालय का अधिकारी था अब देखिए मैं आपको एक और दृश्य दिखाऊंगा जब इसके बीच में ये वाक्य हुआ कि साहब बारह साल की जो औरत थी वो आया आई और विश्वास के संग उसने उसका कपड़ों को छुआ और वो चंगी हो गई अब उसके बाद जब वो चली गई तब लोगों तब जो आराधनालय का अधिकारी था उसके पास एक आदमी आता है और वो क्या कहता है देखिए आप पैंतीस पढ़िए मर, मरकुश पाँच का पैंतीस से पढ़िए वो ये कही रहा था तभी आराधनालय के अधिकारी के घर से लोगों ने आकर कहा कि अब गुरु को और कष्ट क्यों देते हो क्योंकि तेरी बेटी तो मर गई है क्या कहा हेलो अब गुरु को कष्ट क्यों देते हो क्योंकि तेरी बेटी तो मर गई है इससे पहले हमने क्या देखा कि यार नाम का अधिकारी जो आराधनालय का सरदार था वो आया और गए पैरों में गिर गिर्गर, गिड़गड़ाने लगा कि मेरी बेटी को चंगा कर दे और यहां पर ये क्या कह रहा है भाई कि यीशु मसीह को कष्ट क्यों दे रहे हो क्योंकि वो मर गई है क्योंकि ये नहीं जानते थे कि यीशु मसीह मुर्दों को भी जिंदा करता है आप यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और आपको यह नहीं पता कि वह मुर्दों को जिंदा करता है आप किसके पास आ रहे हैं ईशू मसीह के पास एक आदमी था जिसके बेटे को मिर्गी आती थी मिर्गी की बीमारी थी जब वो आया उसके पास तो आया आदमी और कहता है कि साहब मैंने तेरे चेलों को दिखाया अपने बेटे को लेकिन तेरे चेले ठीक नहीं कर पाए लेकिन यदि तू ठीक कर सकता है तो मेरे बेटे को मिर्गी आती है यीशु मसीह ने क्या कहा यदि तू कर सकता है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो हो सकता है आपके पास ऐसी बीमारी हो आप ऐसी बीमारी से जूझ रहे हो जो डॉक्टर कहता है कि कभी ठीक नहीं हो सकती है हो सकता है आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम हो कि आप, आपका बाप आपकी मां आपका परिवार कर्जों में डूबा हो और आप सोचते हैं कि मैं कर्जों से आजाद नहीं हो सकता हूं जो कि इतना कर्जा हो चुका है हो सकता है कि आपकी बच्ची आपकी बच्ची की उम्र पैंतीस साल हो गई है चालीस साल हो गई हो और दुनिया कहती है कि नहीं अब शादी नहीं हो सकती है हो सकता है कि आपने उम्मीद छोड़ दियो कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ईशु के पास आए हैं असंभव को संभव करना परमेश्वर का काम है यशु का काम है ये जो यार नाम का आदमी था ये ड्यूटी पूरी करने के लिए आया था यीशु मसीह के पास अलॉट देखिए वो क्या कहता है यहां पर अब जब उसने कहा यार नाम का आदमी के जो रिश्तेदार थे वो आए और उन्होंने कहा बेटी मर गई है, तो यीशू मसीह ने कहा नहीं डरो मत विश्वास करो क्योंकि वो मरी नहीं हैं। अब जब यीशु मसीह उसके घर जाते हैं तो देखिए मैं आपको वो दृश्य बताना चाहता हूँ सैतीस से अगर लेते हैं पांच का सैतीस और उसने पतरस और याकूब और याकूब के भाई यहोना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया अरल आर, के सरदार के घर में पहुँच उसने लोगो को बहुत रोते और चिल्लाते देखा लग घर में पहुंचा तो बहुत लोग चिल्ला रहे थे उस समय आपको बताऊं मैं उस समय ऐसे गैंग हुआ करते थे जिनका काम था कि जिसके घर में मौत होती है वहां जाके रोना उनको पैसा दिया जाता था रोने का ऐसे लोग थे वहां पर ऐसी उनकी टोली थी कि जिसके यहां मर जाता था वो बुलाता था रोने वालों को ताकि वो रोते रहे हेलो ग्रुप को हा बुलाता था ताकि वो रोए क्योंकि वो मर गया है तो वहां पर यानी कि यार नाम के इंसान ने आदमी ने उस टोली को पहले से बुला के रखा था क्योंकि तुम रो क्योंकि मेरी बेटी मर गई है यानी कि यार नाम के आदमी ने पहले से यकीन कर लिया था कि यह मर जाएगी हेलो आप लोग समझ रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं यार नाम के इंसान ने पहले से ही तय कर लिया था कि मेरी बेटी मर गई है अभी ड्यूटी निभाने के लिए यीशु मसी के पास आया ये बहुतों के साथ होता है हम समझ जाते हैं कि हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम जान लेते हैं कि हमारी हमारी बीमारी नहीं निकलेगी हम हम जानते कि हमारे हमारे बच्चे ठीक नहीं होंगे हम जान लेते हैं अंदर से फिर भी हम यीशु मसीह की बात आते हैं चलो चलो चर्च भी जाके देख लेते हैं अभी चर्च है और किसी ने कहा जाने के लिए देख लेते हैं हम जानते हैं कि हमारा काम नहीं होगा हम जानते हैं कि हमारा आ, आ, हमारे कर्जों से हम माफ नहीं होंगे बहुत से लोग हैं ऐसे यार नाम का जो अधिकारी था वो जानता था इसलिए उसने रोने वालों की टोली बना ली ग्रुप बना लिया मंगा लिया, कि वो रो रहे हैं जब यशू मसी वहां पहुंचा तो वो लोग रो रहे थे यानी कि वो मर गई है लड़की तो वो रो रहे थे विलाप कर रहे थे आगे बेटा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा आ, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो आ, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है आ, क्या हुआ क्या, क्या कह रहे थे वो लोग आगे वे उसकी हसी करने लगे वो लोग हंसने लगे दुखी आदमी हंसने लगेगा क्योंकि उनका काम था हंसना रोना ड्यूटी थी उनकी ड्यूटी थी उनको रोने के लिए बोला जाए इमीडिएट रोना शुरू कर देंगे आंसू बहा बहा के दहाड़ दहाड़ के रोएंगे क्या पता नहीं क्या हो गया है तो उनकी ड्यूटी थी जैसे ही उसको यीशु मसीह ने कहा कि ये तो सो रही है ये मरी नहीं है वो लोग हंसने लगे आले आगे बढ़िए बेटा परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीलता कुमी जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठू मसी किस किसको लेकर गया अंदर सब चेलों को लेकर नहीं गया को निकाल दिया उसने हेलो ये विश्वास है जब तक आप विश्वास के संग नहीं जिएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा जब तक आप विश्वास के संग नहीं जिएंगे तब तक आप आशीष नहीं पाएंगे आपका विश्वास करना बहुत जरूरी है मैं आपको क्या बताना चाहता हूं मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन क्योंकि रीति रिवाजों की वजह से हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है वो रीति रिवाजों में फंसा हुआ था यार राम का इंसान यार नाम का इंसान रीति रिवाजों में फंसा हुआ था वो आजाद नहीं था वो समाज के रीति रिवाजों में बना हुआ था कि समाज कहता है कि अगर बेटी बीमार के अगर आपकी बेटी मरने पर है तो भैया बुला लो रोने वालों को बुलाओ इनको बुलाओ उनको बुलाओ क्योंकि तुम्हारे घर में मौत होने वाली है समाज के रीति रिवाज हैं आप रीति रिवाज में जब चलेंगे जब समाज के रीति रिवाजों के अनुसार आप जीवन को बिताएंगे तो आपका विश्वास कमजोर होगा यही वो औरत थी जिसको लहू बहता था आज भी कई ऐसी जातियां हैं कई ऐसे ग्रुप्स हैं मैं जानता हूं कि उनके घर में अगर किसी औरत को चार दिन जो लहू बहता है उसको अशुद्ध समझते हैं उसको किचन में जाने नहीं देते हैं आज भी ऐसे हैं लेकिन वो औरत उस अशुद्धता को जानती थी कोई उसे छूता नहीं था वो अलग थी बारह साल से लेकिन वो यीशु मसीह को जानती थी वो जानती थी कि मैं यीशु मसीह को जाके छूंगी मुझे ईशू मसीह एक बार मिल गए एक बार ईशू मसीह का साया मुझ पर पड़ा तो मैं आजाद हो जाऊंगी मेरे भाई मेरी बहन हमारा यह विश्वास होना चाहिए यह विश्वास नहीं अधूरा विश्वास नहीं आप नहीं पा सकते अगर आप अधूरे विश्वास के संग कलिसिया में आते हैं अगर आप यह समझते हैं कि हो गया ठीक है नहीं हुआ तो हम यहां से चले जाएंगे नहीं मेरे भाई आप ईशू मसीह के पास आए हैं आपने जो मांगा है वो प्रभु देगा ईशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है कुछ भी असंभव नहीं है इसलिए जो यार नाम का आदमी था वो समाज में बंधा हुआ था वो रीति रिवाजों में बंधा हुआ था यीशु मसीह के पास आया तो सही लेकिन रीति रिवाजों को मानते हुए आया वो। मानेंगे और यीशु मसीह को बाद में मानेंगे तो आप यीशु मसीह के चमत्कार को नहीं देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे आप मुझे लहू से बीमार औरत थी बारह साल की लहू से बीमार जो औरत थी बारह साल से वो उस बीमारी से ग्रसित थी और उसे लोग अशुद्ध कहते थे उसने क्या कहा इसलिए उसने मन में सोचा कि हो सकता है लोग मुझे छूने ना दें यू मौसी को क्योंकि मैं तो अशुद्ध हूं दुनिया जानती है समाज जानती है मेरा इलाका जानता है मेरे मोहल्ले वाले जानते हैं कि मैं अशुद्ध हूं और लहू की बीमारी से ग्रस्त हूं इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं यीशु के कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी रेस तो लौट बहन जानती थी और ये पहली बार हुआ जैसे उससे छुआ परमेश्वर का सामर्थ निकला और वो चंगी हो गई ईशू ने मैं पहली बार पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा कि किसने मुझे छुआ है कभी नहीं कहा किसी ने मुझे छुआ है लेकिन पहली बार ईशू मसीह ने कहा मसी ने कहा किसने मुझे छुआ है किसने मुझे छुआ है अगर लुका आर्ट पढ़ेंगे आप लुका आर्ट निकालेंगे आप तो इसमें लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से पर यशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है फोर्टी सिक्स एट एट का फोर्टी सिक्स लुका परंतु पर, यीशु ने कहा हाँ, किसने मुझे छुआ है आ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है Amen. अब पत्रस यहां कहता है कि प्रभु हजारों आदमियों की भीड़ तुझ पर गिरी पड़ रही है कितने लोग तुझे छू रहे है यशु मसीह ने कहा नहीं किसी ने मुझसे सामर्थ ली है हिमैन मेरे भाई मेरी बहन आपका विश्वास परमेश्वर से सामर्थ ले सकता है आप अपनी चंगाई ले सकते हैं मैं यीशु के चरणों में आया हूं मेरी बीमारियों का नाश होगा मेरा घुटना ठीक होगा मेरे घर की हालात ठीक होगी मैं यीशु के पास आया हूं क्योंकि जब हम ईशु मसीह के पास आते हैं जब हम यीशू मसीह का नाम लेते हैं तो अंधकार दूर होता है जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो शैतान भागता है जब हम यीशू मसीह का नाम लेते हैं तो बंदरों से आजाद होते हैं जब हम यीशू मसीह का नाम लेते हैं तो शैतान की हर योजना नष्ट होती है अब सवाल यह है कि आप कैसे लेते हैं कैसे लेते हैं आप यीशु मस्ज का नाम लेते हैं और तब भी चंगाई नहीं पाते आप यीशू मसीह का नाम लेते हैं फिर भी कष्ट दूर नहीं होते क्यों नहीं हो रहे क्योंकि आप जिस तरीके से नाम लेते हैं आपका विश्वास मुकम्मल होना चाहिए आपके विश्वास में दृढ़ता होनी चाहिए आपके विश्वास में वो सामर्थ होना चाहिए कि मैं यशु मसीह के नाम से आया हूं मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है कोई भी ताकत शैतान की रोक नहीं सकती है मुझे कोई भी शैतान खड़ा नहीं हो सकता मेरे सामने मेरे पास यीशु मसीह है कभी आपने इस तरह सोचा है इसलिए आप जगमगाते हैं इसलिए आप जगमगाते हैं रोज घर में ऊंची आवाज में आप प्रार्थना भी नहीं करते हैं स्तुति आराधना भी नहीं करते हैं कि कहीं पड़ोसी को नाराज ना हो जाए यार पड़ोसी नहीं मानते हैं यार क्यों हम बोलें? कैसे आएगा ईशु मुझे यीशु मसीह ने चुना है मेरा प्रभु यीशु है इतना ही बहुत है लेकिन इस चीज को अगर आप विश्वास के संग ले लेंगे इस चीज को आप अपने अंदर बसा लेंगे मैं आपको सच कह रहा हूं आप अपने जीवन में रोज चमत्कार देखेंगे रोज चमत्कार देखेंगे यशु मसीह धरती पर क्यों आया ताकि वो सारे रीति रिवाजों को निकाल सके हम संसार की रीति रिवाजों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं हमारे चाचा मामा ने कहा था हमारे अंकल ने कहा था ताऊ ने कहा था पूर्वजों ने कहा था कि हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। बाइबल देखिए बाइबल में कौन से नियम लिखे गए हैं बाइबल में क्या कहा गया है विश्वास करिए जैसे उस औरत ने विश्वास किया था कि मैं अगर ईश्व में से कपड़े को छूलूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी और वो हो गई रोज सुबह उठकर हमें विश्वास करना है जब खाना खाते हैं विश्वास करिए कि जो मैं ये खाना खा रही हूं प्रार्थना करिए ये खाना मेरे अंदर जाएगा और मुझे पूरी तरीके से पवित्र और शुद्ध और निरोगी कर देगा निरोगी यस मैं यशु मसीह का नाम लेता हूं मेरी बहन बहुत से संकट में आप घूमते हैं बहुत से संकट्स में आप होंगे बहुत सी प्रॉब्लम्स आपके बीच में होंगी लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं मैं आज आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ईशु मसीह का नाम आपके जीवन के लिए बहुत है आप विश्वास के संग लीजिए विश्वास के संग उस नाम को अपने साथ रखिए विश्वास के संग उस अनुसार चलिए जो प्रभु ने कहा है आपको मैं सच कह रहा हूं आप अपने जीवन में अद्भुत आशीषों की बारिश होते हुए देखेंगे कोई आपको रोक नहीं सकता मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा आज जल्दी हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि हमारे और भी फंक्शंस हैं इसलिए हाल लो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ हे पिता परमेश्वर ईश्मसी के नाम से आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफाए परमेश्वर सुनने और देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं आपकी कृपा मांगते हैं परमेश्वर विश्वास के संग परमेश्वर ही आपका नाम लें और अद्भुत अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखें ऐसी प्रार्थना करता हूँ शु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रार्थना आपने सुनी को भूल की हम सब कहेंगे जो से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए पवित्र आत्मा के लिए यी मसीह के लिए कोई बोलेगा हाले लोहिया जोर से बोली हाले लोहिया प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है आप करते हैं कितनी ज्यादा करते हैं अपनी आवाज उठाई और बोलिए मैं ईश्व से प्यार करता हूं मैं यशु से प्यार करता हूं लोहिया